आज मैं आप लोगों को बहुत मोटिवेशनल बातें बतलाने वाला हूं शेख सदी रहाम के बेहतरीन अकवाल प्लीज़ अगर ये अकवाल आपको पसंद आए तो वीडियो को हमारे एक बार लाइक और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें तो शेख सादी कहते हैं अकवाल हमेशा अकलमंदों के लिए है नादानों को इनसे कोई भी फ़ायदा नहीं होता शेख शादी आगे फरमाते हैं जो शख्स होश में रहे वो कभी तकबुर नहीं करता और तीसरी बात पता शेख सादी कहते हैं तारीफ करना और करवाना भी एक किस्म का शिरक की मानिंद है क्योंकि तारीफों का मालिक अल्लाह है और सब तारीफें अल्लाह के लिए ही हैं आगे शेख सादी फरमाते हैं जो शख्स अपने हर काम को पसंद करता है याद रखना उसकी अकल में खलल आ जाता है पाँचवीं बात कहते हैं जैसा सलूक तुम मखलूक खुदा से करेगा यानी बंदों से करेगा वैसा ही सलूक खुदा तेरे साथ करेगा छठी बात कहते हैं कहते हैं मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया मैं जब भी पछताया हूं तो अपने बोल पर पछताया हूँ और सातवीं बात क्या जबरदस्त कहते हैं कहते हैं जो शख्स दूसरों के गम से बेगम है जो आदमी दूसरों के गम से बेगम है वो आदमी कहलाने के मुस्तक नहीं है आठवीं बात कहते हैं कि अपने हिस्से का काम किए बग़ैर दुआ पर भरोसा करना हिमाकत है बेवकूफ़ी है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ न करना तकबर है और नवी बात क्या ज़बरदस्त कहते हैं कहते हैं मोती अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो कीमती है और अगर मिट्टी आसमान में भी चढ़ जाए तो बेकीमत है दसवीं बात कहते हैं कहते हैं किसी को इतना प्यार दो कि कोई गुंजाइश न छोड़ो अगर वो भी अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं है बल्कि वो तो जरूरत का पुजारी ही है आगे कहते हैं दिन की रोशनी में रिस्क तलाश करो और रात को रिस्क देने वालों को तलाश करो और आगे कहते हैं तौबा करना आसान है याद रखना तौबा करना आसान है लेकिन गुनाह छोड़ना बहुत मुश्किल है आगे बात कहते हैं जो तेरे सामने औरों की बुराई करता जो तेरे सामने औरों की बुराई करता है वो औरों के सामने तेरी भी बुराई करता है बात याद रखना और आगे शेख सादी कहते हैं दुनिया में आना आसान है दुनिया में आना आसान है लेकिन इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है और आगे शेख सादी ज़बरदस्त बात कहते हैं कहते हैं तालीम इंसान को बोलना सिखा देती है एजुकेशन इंसान को बोलना सिखा देती है मगर ये नहीं सिखाती कि कब कहाँ और कितना बोलना है तो ये बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त शेख शादी रहा के अकवाल थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे